वेलकम बैक टू चैनल ऑफ आर आर आर रवि दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर आर रवि में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको गोदंती भस्म के सभी फायदे डिटेल में बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आर आर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकोन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा प्लीज़ आप लोग कर लीजिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँ इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन हो कुछ समझ में नहीं आए अगर आपकी कोई स्पेशल बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा मैं दो घंटे के अंदर अंदर आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपको गोदंती भस्म चाहिए या कोई भी दवाई चाहिए या आप आपकी बीमारी को लेके मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो फोन पर बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फ़ोन लगा के दो घंटे तीन घंटे तक आराम से आपकी बीमारी को समझ के आपकी बीमारी के अनुसार आपको कौन सी दवाई लेना है गोदंती भस्म के आपको और <coughs> दवाइयों को मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है ठीक है दिव्य इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पतंजलि की जो दवाइयाँ होती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और खाने पीने का सामान पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में बनता है इसमें क्या क्या मिला हुआ है इसमें सिर्फ गोदंती भस्म है दस ग्राम और कुछ नहीं है देखिए इसमें डोज एंड मेथड ऑफ यूज लिखा हुआ है ठीक है मतलब इस को कितना और कैसे लेना है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भस्में होती है ठीक है इनको कभी भी अकेले नहीं लिया जाता है इनको प्रॉपर डोज के साथ में लिया जाता है प्रॉपर तरीके से लिया जाता है अपनी बीमारी के अनुसार इसको लिया जाता है आपकी बीमारी के अनुसार इसमें और कौन सी भस्म मिलेगी कौन सी दवाई मिलेगी कैसे डोज बनेगा सबकी बीमारी अलग अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगा तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अगर आपको नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप पढ़ के तो बता ही सकते थे देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 से 500 हंड्रेड मतलब 250 से 500 मिलीग्राम लेना है हनी से तुलसी स्वरस से घी से शकर से दिन में दो बार खाली पेट या फिर चिकित्सक के निर्देशानुसार मैंने पढ़ के बता दिया इस पर मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँगा यूजर्स में इसमें लिखा है शेरशूला पित्त ज्वारा जीर्ण ज्वारा खासा स्वसा एक्सेट्रा ठीक है इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है हालांकि मैं इसके अभी आपको काफी ज्यादा फायदे बताने वाला हूँ पीछे की साइड में दोस्तों वही सब कुछ लिखा है बस इसका रेट लिखा है ये पंद्रह रुपए की आती है दस ग्राम ठीक है कितने पंद्रह की दस ग्राम आती है काफी सस्ती दवाई है बहुत महंगी दवाई नहीं है अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा देखिए दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको इसके पूरे फायदे बताता हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा देखिए अगर आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है किसी भी प्रकार का बुखार हो चाहे कोरोना भी हो गया हो या चिकनगुन स्वाइन फ्लू डेंगू या नेपाल जितने भी बुखार आते हैं देखो बुखार की कोई आज की तारीख में कोई लिस्ट नहीं है कि कहीं पे हम लिस्ट को छोटा बड़ा कर दें ठीक है तो किसी भी प्रकार का बुखार है आप सभी प्रकार का अगर बहुत तेज बुखार आ रहा है तो उसमें आप गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको सर दर्द की समस्या रहती है सर दुखता है आपका तो सर दर्द की जो समस्या है उसमें आप गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको मलेरिया हो गया है तो मलेरिया में गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं टाइफाइड में भी दोस्तों गोदंती भस्म बहुत अच्छे से काम आती है जिन लड़कियों को या जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की समस्या है ल्यूकोरिया मतलब सफ़ेद पानी जिनको निकलता है तो ल्यूकोरिया में ये गोदंती भस्म बहुत ही अच्छे से काम आती है जिन महिलाओं को वजाइनर ब्लीडिंग होती है ठीक है मतलब योनी में से खून निकलता है ठीक है उन महिलाओं के लिए गोदंती भस्म बहुत ही ज़्यादा रामबण औषधि का काम करती है ठीक है जिन लोगों को जो मेन्स्ट्रल साइकिल है उसमें कम ज़्यादा या इनरेगुलर मैंस्ट्रल साइकिल जिसको बोलते हैं अगर वैसा भी है तो उसमें भी ये काम आती है जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी रामबण औषधि है ये कैल्शियम का भरपूर सोर्स है दोस्तों है ना इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम की के अगर कमी है तो ऐसे में आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हड्डियों की कमजोरी है किसी भी प्रकार की हड्डियों में अगर बहुत ज्यादा कमजोर है तो ऐसी हड्डियों को बहुत ही ज्यादा ये मजबूत बनाती है गोदंती भस्म अगर आपका बीपी हाई होता है या बीपी बहुत ज्यादा लो होता है तो बीपी को बैलेंस करती है ये गोदंती भस्म दोस्तों जिन लोगों की हड्डियों में सूजन आ गई है स्वेलिंग ऑफ बोन्स ठीक है जिन लोगों की हड्डियों में सूजन है उसमें ये काफी अच्छा काम करता है जिन लोगों के मुंह में छाले हो गए हैं मुंह के छाले में गोदंती भस्म बहुत ही अच्छा कार्य करती है मुंह के छाले अगर हमेशा होते हैं बार बार होते हैं ठीक है ठीक होते फिर हो जाते तो इसे में आप भस्म का प्रयोग जरूर कीजिएगा जिन लोगों को सूखी खांसी होती है ठीक है या बहुत ज़्यादा खांसी होती है जिसको एक कुत्ता खांसी भी बोलते है कुत्ता खांसी भी एक होती है तो अगर सूखी खांसी हो गई है या फिर कुत्ता खांसी हो गई है तो ऐसे में आप गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं जिन लोगों को अल्सर की समस्या है मतलब पेट में छाले हैं तो अल्सर की समस्या में आप गोदंती भस्म का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर है सांस नहीं ले पाते हैं उन लोगों के लिए गोदंती भस्म गजब की रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं जितनी भी बीमारी बता रहा हूँ इसमें इस, इस दवाई को अकेले नहीं लेना है प्रॉपर डोज प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में लेना है इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन दूंगा फोन लगा के एक घंटे दो घंटे तीन घंटे तक आपसे बात करके आपकी बीमारी को समझ के फिर आपको मैं दवाई बताऊंगा जिन लोगों के पेट में घाव हो गए हैं ठीक है तो पेट में घाव या फिर आंतों में भी घाव हो गए हैं ठीक है बहुत से लोग चूरण ले लेके आंतों में घाव कर लेते हैं तो जिन लोगों के पेट में घाव हो गए हैं आंतों में घाव हो गए हैं तो वो लोग भी अगर गोदंती भस्म का प्रयोग करेंगे तो आपके घाव भर जाएंगे जिन लोगों के मसूड़ों में सूजन आ गई है जो दांतों वाले मसूड़े होते हैं ना मुंह में उसमें अगर सूजन आ गई है तो इसे में आप गोदंती भस्म का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों ये पाचन तंत्र की सभी टाइप की प्रॉब्लम को दूर करता है मतलब ओल्ड टाइप ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम यह ठीक करता है सभी पाचन तंत्र की समस्या में काफ़ी आराम करेगा दोस्तों ये महिलाओं की शोध की जो समस्या होती है उसमें भी ये कार्य करता है काफी अच्छा है इसका वर्किंग दोस्तों अगर आपको ओस्टियोफोरोसिस हो गया है या रिमिटेड अर्थ्राइटिस हो गया है मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको अर्थराइटिस जिसको आप हिंदी में गठिया बोलते हैं आमवाद संधिवाद इस टाइप से कोई समस्या है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जिन लोगों को अस्थमा हो गया है तो अस्थमा के लिए भी दोस्तों गोदंती बस काफ़ी अच्छी कार्य करती है जिन लोगों की स्किन बड़ी सेंसिटिव हो गई है जिनकी चमड़ी बड़ी सेंसिटिव हो गई है यहाँ तक कि पूरी बॉडी की बताओ में केवल पर्टिकुलर एरिया की नहीं पूरी बॉडी की स्किन अगर सेंसिटिव हो गई तो उसमें काफ़ी हद तक काम करता है और जिन लोगों के लिंग की पेनिस की अगर स्किन सेंसिटिव हो गई जिससे आपको प्री मेचर या अर्ली डिस्चार्ज होता है तो ऐसे में गोदंती भस्म आपको बहुत ही अच्छा रामवन औषधि का काम करती है दोस्तों माइग्रेन की अगर आपको समस्या है तो माइग्रेन में भी आपको काफी अच्छा इसका लाभ देखने को मिलता है तो दोस्तों ऐसे कई सारे लाभ इस गोदनती भस्म के हैं और बहुत ही अच्छे इसके फ़ायदे हैं मैंने दोस्तों इसमें जितनी भी बीमारियां बताई है इससे कई गुना ज़्यादा बीमारियों में ये काम आती है लेकिन दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको इसको अकेले नहीं लेना है आपको आपकी बीमारी के अनुसार कम्प्लीट डोज के साथ लेना है और कम्प्लीट डोज कब बनेगा जब मैं आपका कंसल्टेशन करूँगा जब मुझे समझ में आएगी आपकी बीमारी क्या है फिर आपकी बीमारी के अनुसार कौन सी दवाई आपको लगना है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तब कंप्लीट डोज बनेगा इसका कोई फिक्स कंप्लीट डोज नहीं होता है अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए सभी के लिए डोज अलग अलग होंगे इस चीज को समझ लीजिए ठीक है ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या आपकी कोई बीमारी है जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया हूं तो भी कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो या थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे लगा के सभी दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस गोदन की फ़ायदे पहुँचाए जा सके आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम